असलम वीवर्स आप लोग कैसे हैं बकरीत ही होंगे और वीवर्स मैं काफ़ी दिनों के बाद आज आपके सामने एक और छोटी सी वीडियो ले कर हाज़िर हुआ हूँ ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है तो मैं सबसे पहले आप लोगों का ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करने का मेरी वीडियो को शेयर करने का और उसको लाइक और कमेंट्स करने का और उसके अलावा मेरे सब्सक्राइब मेरे चैनल को करने का बहुत बहुत शुक्रिया और इसी लिहाज से मैं आगे अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ के ये जो प्रिंटर है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रिंटर अभी नई कैटेगरी है एच पी फोर ज़ीरो टू डी एन इस प्रिंटर में आजकल ये इशू है कि इस प्रिंटर में अभी जनरली एक बहुत मेन प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम में मेमोरी एरर आना शुरू हो जाता है और सप्लाई मेमरी एरर आता है इसका मैं आपको चेक करा देता हूँ अभी अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो इसमें देखें ये सप्लाई मेमोरी एरर आ रहा है इसमें जो उस पर स्टिल आता रहता है और आगे कोई मूमेंट्स नहीं होती है ना ही कोई प्रिंट करता है ना ही किसी किस्म के ऑप्शन आती है तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके प्रिंटर में आए सप्लाई मेमोरी एरर तो ये मैं आपको कहने के तत्ताजर हूँ कि इसमें दो तीन वजूहत होती हैं मैं अभी कॉटरेज को दोबारा से वापस निकालता हूँ निकाल के आपको दिखाता हूँ अब ये काटरेज है इस कॉटरेज में प्रॉब्लम एक सबसे मेन चीज़ एक ये होती है कि ये आपका एक छोटी मेमरी चिप लगी होती है इस चिप को पहले तो आप नॉर्मली साफ़ कर लें इसके ऊपर कार्बन वगैरह आ जाती है जिसकी वजह से यह है कि ये इशू वगैरह आना इसकी वजह से भी आना शुरू हो जाते हैं तो इसको साफ़ करने के बाद उसके बाद भी अगर आप लगाएं तो नहीं ये एरर रिमूव होता तो उसके बाद इस काटरेज की इस साइड पे आप देखें एक यहाँ पर अर्थिंग की स्ट्रिप होती है तो अर्थिंग इस्ट्रिप इस नहीं लगी या डैमेज हुई है जिस वजह से हो सकता है कि उस वजह से भी आता हो और तीसरे ऑप्शन ये होती है कि अगर आप टोनर को नीचे से देखें तो यहाँ पे भी ये देखें इसकी दो अर्थिंग स्ट्रिप होती हैं अगर वो भी ना हो तो इस वजह से भी ये टोनर नेशलाइज़ नहीं होगा जिस वजह से ये एरर आएगा और एक जो लास्ट पे होती है ये जो ये देखें ये इसका जो ड्रम लगा हुआ है ड्रम के साथ भी ये अर्थिंग की इसकी होती है जो ड्रम को नेशलाइज़ करता है तो यहाँ पे भी इसकी पिन कनेक्ट होती है तो अभी ये टोनर को आपको दिखाने का मतलब ये है कि टोनर की ये चीज़ें आप सबसे पहले देख लें अभी मैं इसके मुकाबले में दूसरा टोनर लेके आता हूँ वो आपको दिखाता हूँ ये देखें व्यूवर ये दूसरा टोनर है इसकी ये चिप लगी हुई है इस पर आप ये साइड पर देखें इन दोनों को इकट्ठा रख लें तो आप ये देखें ये देखें ये, ये अर्थिंग स्ट्रिप एक लगी है इसकी जो टोनो को नेशलाइज करती है ये देखें इसमें वो मिसिंग है वो भी नहीं है उसके अलावा टोनर को इसी तरीके से आप मूव कर लें ये साइड अब इस साइड पे आप देखें कि ये देखें ये दो स्ट्रिप लगी हुई हैं इसके साथ जो नीचे से जो डीसी बोर्ड लगा डी डीसी बोर्ड के पॉइंट इस पर आ टच हो रहे होते हैं ये वाले भी इस पर लगे हुए हैं और इस पर नहीं लगे हुए हैं ठीक है तो व्यूवर अभी मैं आपको ये दूसरे टोनर लगा के इस पर चेक करवाता हूँ कि इस पर वो एडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये टोनर मैंने लगा दिया है टोनर दिखाने बंद दड़ कर है और इसको अभी आप देखें थोड़ी देर तक ये देखें प्रिंटर राइडी पे आ गया तो इट्स मीन कि ये टोनर का ही इशू है और बाज़ ये होता है कि आप अगर देखें तो टाइम ये है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी इस चीज़ की तो वो भी मैं आप लोगों को ये गाइडलाइन दे दूँ यहाँ पर इसको कवर को ओपन करें और ये टोनल को मैं निकालता हूँ निकालने के बाद ये टोनल का अंदर वाला ऐसा है अब इसमें ये देखें एक ये क्लिप लगा हुआ है एक ये आगे साथ दूसरा ये क्लिप लगा हुआ है और एक ये क्लिप लगा हुआ है जो साइड से उसको अर्थिंग देता है और इन क्लिपों को आप पहले चेक कर लें वो दूसरे टोनर का जो है वो ये ऊपर वाली साइड पे लगा होता है जो उसकी मेमोरी चिप को कनेक्ट होता है तो ये वाली चीज़ आप पहले इनको देख लें में भी हो सकता है कि अगर इन क्लिपों में कोई टेढ़ा हुआ होगा या कोई साइड पर हुआ होगा जिसकी वजह वो साथ टच नहीं हो पा रहा होगा टोनर के साथ तो देन भी इस तरह के इशू आ सकते हैं अभी ये मिट्टो न लगा के प्रिंट लेके चेक भी करता हूँ प्रिंटर को ऑन कर लिया तो ये इस पे ये सारी चीज़ें ओके होगी तो आज की वीडियो का ये काफ़ी हद तक मुझे टैक्स वगैरह भी आ रहे थे कि मैमरी एरर सप्लाई मैमरी एरर आ रहा है तो इसका क्या इशू हो सकता है क्या नहीं हो सकता है लेकिन ये है कि मैंने इसलिए वीडियो बना के आप लोगों के साथ डिटेल से शेयर कर दिया है कि अगर इस तरह का इशू आए तो आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है और किन किन चीज़ों को मद्नजर रखना है तो चैनल्स दोस्त वीवर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पर लाइक करें और अपने आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे कमेंट्स करें कमेंट्स में आपको रिप्लाई भी दूंगा और उससे रिलेटेड वीडियो जो बनाऊंगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो मुझे दुआ में याद रखिएगा इसी के साथ ही मुझे जल्द है खुदाफ़िज़